नमस्कार मित्रों आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपको सीधे सीधे दो चार पंक्तियों से जोड़ता हूं पहले वो परिचय बता दूं कि मेरा परिचय क्या है मेरा नाम क्या है मैं आप तक पहुंचूं ताकि आप जान सकें मैं कौन हूं यहां से मैं तय करूंगा मुझे कितनी देर पढ़ना है कितना हिंदू समझना न मुस्लिम न बंगाली न कोई सेक समझो दिलों को जीतने आया हूँ बस अभिषेक समझो और एक बड़ा मशहूर वाक़ है जो लोग गंगा किनारे या नदी किनारे रहे हैं वो जानते हैं कि जब पानी स्थिर होता है तो चेहरा देखा जा सकता है नज़र मिलाई जा सकता है और जब पानी में हलचल हो तो नज़रें नहीं मिलाई जा सकती न चेहरा देखा जाएगा जा जा जा जा। इसी पर एक शेर मैं सुनाता हूँ कि कभी नज़र मिलाती है वो कभी नज़र चुराती है वो कभी लहराती कभी बलखाती है वो जब पूछता हूँ उसका पता पता बनारस बताती है वो और इसके बाद जैसा कि आप सुन रहे हैं मैं सीधे सीधे आपको प्रेम गीत से जोड़ता हूँ कि देखूं जब मैं खुद को देखूं तब मैं तुझको देखूं जब मैं खुद को देखूं तब मैं तुझको हर जगह तू ही तू बस गया देखूं कैसे मैं खुद को खुर्दरा हूं मैं तेरे लिए खुदा है तू मेरे लिए जब तू है खुदा मेरा तो मस्जिद में खुदा कहाँ पाऊं और अपने काव्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां आपके बीच सौंपता हूं कि तेरे चेहरे पे हंसी है उस हंसी को दिल में बसाया है तेरी आँखों में एक चमक है उस पर खुद को लुटाया है ये मुझे मालूम नहीं तू खुदा है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं तू खुदा है कि नहीं हमने तुझे अपना खुदा बनाया है मेरे तेरे बीच शब्दों की दूरी है ऐसा अक्सर होता है प्रेम में बातचीत नहीं है बातचीत बंद है दूरी है लोग उस दूरी को जुदाई और बेवफाई से जोड़ देते हैं मैं जवाब पढ़ता हूँ अगर मेरा जवाब ठीक हो तो बताना कि मेरे तरबीस शब्दों की दूरी है अहसासों को हमने भी दबाया है मेरे तरवीस शब्दों की दूरी है अहसासों को हमने भी दबाया है लोगों ने इस दूरी को गमें जुदाई बताया है पढ़ हकीकत तो यह है तू तब न मुझसे जुदा था अब जवाब सुनिएगा पढ़ हकीकत तो यह है तू न तब मुझसे जुदा था तो अब न मुझसे जुदा है तो तब न बेवफा था तू अब न बे वफा है तू तब भी मेरा खुदा था तू अब भी मेरा खुदा है तू तब भी मेरा खुदा था तू अब भी मेरा खुदा है भराई हो तेरी आंखें तो कह देना आंसुओं को बहाकर भराई हो तेरी आंखें तो कह देना आंसुओं को बहाकर कहेंगी कुछ यूं हकीकत को सजाकर कि तेरे मेरे बीच कोई भेद न रह पाएगा इतने में बीच कोई भेद न रह पाएगा इंसान भी खुदा खुदा भी इंसान नजर आएगा